सीएससी संसार में आपका स्वागत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल दो हजार शुरू किया गया है भारत सरकार का यह पोर्टल एस पी पोर्टल तथा अल्पसंख्यकों को कई तरह की छात्रवृत्ति प्रदान करता है के के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है हर साल लाखों अभ्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं जिनमें से जो योग्य होते हैं स्कॉलरशिप उनको प्रदान की जाती है नेशनल स्कॉलरशिप में तकरीबन सभी राज्य के एजुके एजुकेशन बोर्ड को शामिल किया गया हरियाणा बोर्ड में भी अपने बोर्ड के छात्रों को अप्लाई करने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें जिस बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित सेंट्रल ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक अठारह आठ दो से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेढ़ में नजदीक आप जल्दी से आवेदन कर ले आपके किसी भी बोर्ड से 10वीं क्लास में 80 ऊपर नंबर आए हैं तो आप इसमें सभी सभी इस अप्लाई कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत आपको कोई भी छात्र नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप का फार्म भर सकता है फॉर्म भरने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना होगा और इसके बाद ज... जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे बता दें कि योग्यता के हिसाब से स्टूडेंट को इस केंद्र सरकार के कई योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहता है अब स्टूडेंट लगभग सोलह नेशनल लेवल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनमें से अधिकतर स्कॉलरशिप मैट्रिक लेवल यानी 10वीं पास स्टूडेंट के लिए है यदि आप मैट्रिक लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो दसवीं की मार्कशीट और इंटरमीडिएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो की मार्कशीट हो, तो होना जरूरी है जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड बैंक खाता पासबुक मोबाइल नंबर पासपोर्ट के आधार पर फोटो जाति प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति के प्र, प्रकार के अनुसार आये प्रमाण पत्र पिछले वर्ष की शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अस्सी परसेंट से ऊपर वाले स्टूडेंट सब घोषणा प्रमाण पत्र वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले